क्या आप जानते हैं आजकल लाइफस्टाइल लाइफ डिसऑर्डर्स कितने बढ़ गए हैं और हमारे घरों में ही औषधि इसकी विद्यमान है लेकिन हमें उसकी सही जानकारी नहीं होती है और सही जानकारी ना होने के कारण उसके हमें साइड इफेक्ट भी उठाने पड़ते हैं ऐसा नहीं है कि हर्बल औतियों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनका उपयोग किस तरह से करना है उनके योग और उनको लेने का तरीका बहुत कुछ वर्णन करता है अपने आप में कि कैसे उनको लिया जाए आज हम बात करेंगे अमृता की अमृता को ग्लोए के नाम से आप जानते हैं शास्त्रों में और ऐसा वर्णन है कि ना तो ये मरती है और ना ही मरने देती है इसके आप देख रहे होंगे कोर्डेट लीव्स हैं इसलिए इसको टीनोसपोरा कोर्डिफोलिया कहा गया है हर्ट सेप लीव हैं टीनोसपोरा कोर्डिफोलिया इसको कहते हैं मैनिस प्लांट मैनिस परमेशी कुल का ये प्लांट है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण इसमें विद्यमान होते हैं यह इसके अंदर एल्क्इड ग्लाइकोसाइड फिनोलिक कंपाउंड्स ग्लोइन और कई इम्यूनोमॉड्यूलेटर विद्यमान हैं अब हम इसकी अगर औषधीय गुणों की चर्चा करें तो ये शायद ही कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसमें इसका उपयोग ना होता हो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जैसे हम आज आपको बताएंगे जैसे कि पागलपन इंसैनिटी इसके पत्र का फांड अगर लिया जाए तो इंसैनिटी में विशेष लाभ करता है इंटस्टल टीबी बहुत कॉमन बीमारी है इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लीव्स का फ्रेश जूस बनाकर उसमें आप पीपली जिसको पाइपर लौंगम कहते हैं और सिलेरी एपीएम पी का पाउडर मिलाकर उसको पीना चाहिए इसके साथ साथ हार्ट की एक समस्या है मायोकार्डियल इन्फॉरेक्शन इसमें इसके लिए हमें इसके सोरस का सेवन करना चाहिए हिकअप की बहुत कॉमन समस्या होती है इसका हमें पाउडर बनाकर इसका जो स्टेम आप देख रहे हैं उसका पाउडर बनाकर हमें उसमें जिंजर पाउडर मिलाना चाहिए और हिकअप की समस्या का निराकरण आसानी से हो जाता है मेमोरी लॉस बहुत कॉमन समस्या है उससे निजात पाने के लिए बाईबिडंग एम्बेलिया राइब्स सतावर और इसमें हरड अपामार्ग इन सब का पाउडर मिलाकर सेवन करना चाहिए यह हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है और जब मौसम बदलता है तो डेंगू और चिकन गुनिया के फीवर बहुत कॉमन है इसके लीव्स का सरस बनाकर देना चाहिए प्रेटलेट्स को डाउन होने से बचाता है कम होने से बचाता है और कई बार क्या होता है कि प्रेमें एक कॉमन समस्या है दो ग्राम इसका सत हमें दूध के साथ सेवन करना चाहिए सत जो है वो ग्लोए का स्टार्च कंटेंट होता है इसको बनाने के लिए इसके स्टेम को आप देख रहे हैं इसके टुकड़े छोटे करके 12 घंटे के लिए क्रश करके हमें पानी में भिगा देना चाहिए और फिर निथार कर जो म्यूसिलेजिनस मैटर बचता है उसका पानी पूरी तरह से वेपरेट कर देना चाहिए स्लो हीट पे, और फिर आप देखेंगे कि एक व्हाइट कलर का पाउडर कंटेनर में नीचे बचता है उसको सुखाकर पाउडर बना लेते हैं वो उसका सत्व होता है जीर्ण ज्वर हो चाहे सन्नीपात ज्वर हो सन्नीपात ज्वर में क्या होता है कि वात पित कफ तीनों अग्रावेट हो जाते हैं बढ़ जाते हैं इसके कारण सन्नीपात ज्वर हो जाता है उसमें ये इजीली उसको क्योर करता है हृदय सूल या वात सूल भी आजकल बहुत कॉमन समस्या है इसके लिए ग्लोए का चूर्ण और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए पीली और अरुचि में इसके सुरश को पिपली के चूर्ण के साथ मिलाकर पीना चाहिए मूत्र क्रच मतलब डिस इसके लिए हमें इसके सुरश में हनी मिलाकर सेवन करना चाहिए जौ निराकरण के लिए हमें गिलोय के सूरस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए और यदि कोई पित्त प्रधान व्यक्ति के अंदर वात रक्त की समस्या हो तो ग्लोय के रस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए अर्स की समस्या हो तो इसके स्वरस का सेवन करें और उसके बाद छाछ का सेवन करना चाहिए इसी प्रकार से अगर आपको बलवान बनना है चीरवायु बनना है तो हमें गुड़ और घी की चाशनी बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसमें ग्लोए का चून मिलाकर दिन में दो बार सेवन करना चाहिए पाँच पाँच ग्राम नेत्रों में अगर कुछ वेदनाएं हैं कुछ दर्द है पढ़ते समय कई बार हो जाता है विद्यार्थी जीवन में तो ग्लोय और त्रिफला और पिपली का क्वाथ बनाकर दो बार सेवन करें और अगर जोड़ों में दर्द है ग्लोए और पुनर्नवा का क्वाथ बनाकर उसमें स्वाद अनुसार शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए साथियों ध्यान ये रखना है ग्लोए को अमृता कहा गया है लेकिन अगर हम इसकी एक्सेस मात्रा लेते हैं तो ये कहा जाता है कि जिस रोग के उपचार के लिए लिया जाता है उसी रोग को ये कर भी सकता है जैसे ही अगर मैं कहूँ कि हम लीवर जनित बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं उनके निराकरण के लिए और एक्सेस मात्रा में अगर हम इसको लेते हैं तो लीवर की बीमारी भी ये कॉज कर सकता है ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लड प्रेशर को भी डाउन कर सकता है तो एक महीने से ज़्यादा इसका सेवन ना करें अगर करने की स्थिति हो तो पंद्रह दिन का कम से कम हमें बीच में ब्रेक कर देना चाहिए आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद